सागर में सरकारी स्कूल स्टाफ के बीच मारपीट अब कोई नई बात नहीं है लेकिन अब सीएम राय स्कूल से चौकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक महिला टीचर ने एक बाबू को थप्पड़ रसीद कर दिया सरकारी बाबू भी महिला टीचर से अभद्रता करता नजर आ रहा है नरियावली स्थित सीएम रायज स्कूल में एक शिक्षिका व एक बाबू के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है इस वीडियो में शिक्षिका गुस्से में आकर बाबू को जोरदार थप्पड़ लगा रही है वही बाबू भी अपशब्द कहता दिख रहा है इस घटना से कुछ कुछ दिन पहले रसेना हायर सेकेंडरी स्कूल में एक शिक्षिका प्रभारी प्राचार्य को चप्पल मारती नजर आई थी नरियावली सीएम एम में हुई इस घटना में स्कूल प्राचार्य और अन्य लोग बीच बचाव करते हुए झगड़ रही शिक्षिका और बाबू को स्कूल ग्राउंड से कार्यालय ले जा रहे हैं इस मारपीट की शिकायत बाबू महेश जाटव ने स्कूल प्राचार्य आशा जैन से की उन्होंने कहा की उन्हें शिक्षिका नीता विश्वकर्मा ने सबके सामने थप्पड़ मारा है घटना का समय और वीडियो भी उपलब्ध कराते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है वहीं शिक्षिका ने भी प्राचार्य को आपत्ति दर्ज कराई है कि बाबू ने एक तो काम भी नहीं किया ऊपर से गाली देकर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है शिक्षिका का कहना है कि वह भी कागज लेकर सील लगवाने के लिए जाती तो बाबू कहता मेरे पास प्रभाव नहीं है सील नहीं है लगा सकते आपको गाली नहीं गलत नहीं मैडम अब आप बहुत बड़े उठाने आप जब आते पैसे खाने को तो हम कुछ बात है लिए पैसे हमने कुछ के लिए अपने आपको गाली बनाई नहीं बोलो तुम चले लिया या आपने नहीं ये गलत बात है आप बहुत गलत कर रही हैं। है। तो आप आप आप अपनी जा। आप अपनी जाए, जाए? जाओ। नहीं, नहीं, गाली क्या है खाई है कोई गाली नहीं खाई हमने कहा था पैसे लेने के कि बाद कौन कह रहा था हम ही तो कह रहे थे तरंग में कह रहे थे वो